हाय फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि आज के ये दिन पेंटम सुपर हीरो कॉमिक्स की शुरुआत हुई थी जी हाँ दोस्तों एक कॉमिक्स पात्र है पेंटम जिसके रचा ली फाकने की जो एक अन्य प्रसिद्ध कॉमिक्स पात्र जादूगर मेंढर के रचिता भी थे पहली बार 17 फरवरी उन्नीस में एक अखबार में छपनी शुरू होने वाली शंकल दी पेंटम जिसका नायक फेंटम है का प्रकाशन अभी तक जारी है एक पात्र के रूप में फेंडम को पहला सुपर हीरो भी माना जाता है भारत में यह श्रृंखला पहली बार उन्नीस में शुरू हुई जब इंद्रजाल कॉमिक्स का प्रकाशन शुरू हुआ और मेन्ड्रिक और पेंटम कॉमिक्स पात्रों का पदार्पण भारत में हुआ हिंदी में पहली बार बेताल की मेकला नाम से फेंटम सीरीज का कॉमिक छपा जो भारत का पहला हिंदी कॉमिक्स भी था वर्तमान समय में इन कॉमिक्सों के इन दुर्लभ संस्करणों की कीमत लाखों में आंखी गई है अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूले